मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर हमला बोला मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश की धरती और संस्कारों से कोई लगाव नहीं है उन्होंने मध्य प्रदेश को मधुरा प्रदेश बोलकर 8 करोड़ जनता का अपमान किया है लगता है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग विधानसभा चुनाव के बाद ही खत्म होगी कमलनाथ ने यहाँ शिवराज की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े करते हुए मध्य प्रदेश को मधुरा प्रदेश बताया तो वहीं अब शिवराज ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कमलनाथ ने यह बयान देकर हमारे अपमान किया है उन्होंने अपमान किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ का विरोध हमसे है तो आप हमें गाली भी दें चलेगा लेकिन प्रदेश की जनता का अपमान करेंगे तो ये सहन नहीं किया जाएगा कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की माटी से यहां के संस्कारों से यहां की संस्कृति से लगाव नहीं है वो यहां की जड़ों से नहीं जुड़े मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह रहे हैं वो ये प्रदेश का अपमान है मध्य प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता का अपमान है मध्य प्रदेश की संस्कृति संस्कार परंपराओं का अपमान है मध्य प्रदेश के भोले भाले लोग मेहनती है ईमानदार है कर्तव्यनिष्ठ है देशभक्त है आप उनका अपमान कर रहे हैं कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता को ऐसे आहत मत कीजिए आपका विरोध हमसे है तो हमको गाली दीजिए मध्यप्रदेश का अपमान हम सहन नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर आपकारी नीति बनाई है तो जन भावनाओं को देखते हुए बनाई माताओं बहनों के सम्मान को देखते हुए बनाई नशे को हतोत्साहित करने के लिए बनाई जब आप थे तब आपने क्या किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आबकारी नीति पर कहा ये जन को, को, को हस्तोत्ता करने के लिए बनाई गई है वही कमलनाथ पर वार करते हुए उन्होंने कहा की आपने लाइसेंस के नियमों को आसान करने की नीति बनाई थी आपकी नीति बनती थी तो ठेकेदारों के लिए बनती थी दबाव में बनती थी उनके हिसाब से बनती थी लेकिन हमारी नीति बनती है नशे को हतोत्साहित करने के लिए माता बहनों बेटी के सम्मान को बरकरार रखने के लिए इसलिए हमने तय किया है कि हम सारे आहते बंद करेंगे आप हमारा विरोध करें लेकिन मध्य प्रदेश का अपमान ना करें आपने उस समय फैसला किया था कि शराब ठेकेदार उप दुकान खोल सकेंगे उसकी राशि तय कर दी थी कितने करोड़ दे के उप दुकान खोल लेंगे लाइसेंस के नियम को आसान करने की नीति कमलनाथ सरकार ने बनाई थी आपने ऑनलाइन शराब बिकेगी महिलाओं के बहनों के लिए अलग से शराब की दुकान होंगी आपकी नीति बनती थी तो ठेकेदारों के लिए बनती थी दबाव में बनती थी उनके हिसाब से बनती थी भारतीय जनता पार्टी की नीति है नशे को हतोत्साहित करने के लिए माता बहन और बेटी के सम्मान को बरकरार रखने के लिए और इसलिए हमने तय किया कि हम सारे अहाते बंद करेंगे अब हमारा विरोध करें लेकिन मध्यप्रदेश का अपमान ना करें